हाय दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन मंचूरियन के लिए पत्ता गोभी को पहले घीस लेंगे सारे पत्ता गोभी को ऐसे घीच लेंगे देख लीजिए सारे पत्ता को भी घीस लिए हैं इसको एक कटोरी भी निकाल देंगे अब इसमें नमक डाल देंगे इसको नमक डाल के मिला के दस से पंद्रह मिनट छोड़ देना है इसको तो इससे पानी निकलेगा पानी को निचोड़ के तो इसका हम लोग और बाकी मसाला डालेंगे इसको ढक देते हैं और सब और मसाला का तैयारी कर लेते हैं पूरा दस मिनट हो तो चुका है अब इसका पानी निकाल लेंगे नीचोड़ के एक बार इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च लाल मिर्च नमक गरम मसाला मैदा कॉन फ्लावर सब मिला देंगे जो लगाना है आटा का तरह एकदम बच हुआ है अब छोटा छोटा बॉल बना लेंगे इसका तरीका से देख लीजिए सारे बॉल ऐसे ही बना लेंगे दस से पंद्रह बॉल बनेगा सारे बॉल बन चुके हैं अब इसको सिर्फ तलना है तेल गर्म हो चुका है इसको धीमा आँच पर इसको सेकना है पलट लेंगे में आज पढ़ ही सीखे नहीं तो अंदर तक नहीं सीखेगा सारे निकाल लेंगे so that's it Okay Hello ग्रीन चिली रेड चिली एक चामच सया सॉस sau namak dacha mash corn flour इसमें सारी जान रही है प्याज का लाडू ऐसा लगा मंचूरियन बताइएगा ज़रूर